हेलो दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो तो आपको मोटिवेट तो करेगी ही साथ साथ ऐसी एजुकेशन देगी जो कहीं ना कहीं आपकी सोच को बदल देगी ये एक कहानी आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी तो आइए जानते हैं ऐसी एक कहानी जिसका शीर्षक है चमकीले नीले पत्थर की कीमत एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी पाने हेतु तो आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ मेरे ऊपर कर्जा भी है मैं बहुत ही परेशान हूँ मुझ पर कुछ उपकार करो लगवा लगवा वो आदमी वहां से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गए और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए फल विक्रेता बोला मुझे लगता है कि ये नीला सीसा है। की तुम्हें ऐसे ही दे दिया है यह सुंदर और चमकदार दिखता है। तुम तो मुझे दे दो इसके मैं तुम्हें हजार रूपये दे दूँगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो एक बर्तनों का व्यापारी उनसे उस व्यापारी व्यापारी को भी वो पत्थर पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहे का बोला यह कोई विशेष है मैं इसके तुम्हें दस हजार रूपये दे दूंगा वो आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वो वहां से चला गया उस आदमी ने इस पत्थर को और एक सुनार को दिखाया सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला कि ये काफी कीमती है इसके मैं तुम्हें एक लाख रुपए दे रुपये वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है उसने सोचा क्यों ना मैं इस हीरे के व्यापारी को दिखाऊ यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गए उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से से लगाया और पूछा, तुम यह यह कहां लाए हो? तो अमूल्य है यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं, तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता देखा बच्चों ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने आप को कैसे अमूल्य है, है आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आएगा